दोस्तों एक आदमी एटीएम से पैसे निकाल कर पैसे काउंट करने लगता है तभी एक लड़की अपने पॉकेट में से कुछ पैसे निकाल कर लालच देकर आदमी को बेवकूफ बनाते हैं और एटीएम कार्ड बिना किसी डर के एटीएम कार्ड बदल देते हैं और एटीएम कार्ड लेकर भाग जाते हैं तो आदमी को लड़की पर शक हो जाता है और अपना ए चेक करने लगता है तो डर जाता है और वह आदमी अपने बैंक में फोन करके ए ब्लॉक करवा देता है और उसके सारे पैसे बच जाते हैं वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर